समय का इंतजार था सिंह भाई अब आ गए हैं 2021 में आजाद विजय में हाँ तो मेरे भाई अपने दोस्तों को नचाना है मंगल गणेश और उनकी गली में बजा दे अपना गाना banda mangal khana se na सिना के की मन घबरा Hey! की पेरी आयु दादा दे दो। हो एक शलवत देखी गोरी दुई सालवत देखी मोने मोने बिचारी चार आवसे दुई हजार इक्कीस माँ आयु बोजुबानाई सुबुन दादान गोरी चमकुलाई din sana sola mujhe गज अर्शमा देखा है मारी जानो तू कहा ढस गली जहाँ पोलिंग देखो इनिंग तू कहीं नहीं देखा है। मारी पिया पियाारी पिच्चू मारी पिचू तू कहा ढुका मारी जानुड़ी तू कहा भरा रोहली है। जानो तू कहा ढसी तुम्हारी पिचू तू कहा भगी गेली तुम्हारी जानो तू कहा गोरिया तू कहा भगी तू कहा भागी गेली तू कहा भगी पर नाती रही टिकी बीता है पाउडर बीचा है लाली बीता है सच बोल की डीजे पर नाची रही सच बोल की डीजे पर नाती डीजे आजाद गोरी मंगल कनेश तू होवी फेमस वागे डीजे आजाद गोरी मंगल कनेस तू हो डीजे आजाद गोरी मंगल प्यारो डी देवा गाड़ो पहले तो